या सारे गा तो डीजे छापोने अच्छा तो ठीक ना, है आम क्या टोटो गाड़ी इन दुनिया गाड़ी कुडी कुड़ा को को हड़ार टोटो टोटो मिना आ पालसार गाते दाणान माना डी तीन पारे पीडगारे चलो टोटो अच्छा इन तो पैसेंजर। तो चलो नमस्ते तो हो मारे हो मारे तो ठीक है। हमें ड्राइवर ना बाय। या ए दादा रे इनको द मैसेज रो मोर सनेज का सी बिल छोड़ो का था टूटी दाल सेंटिंग बाय भिडो बन के लाइक शेयर सब्सक्राइब ताब पे